कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक ने मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी का पद छोड़ दिया है उनकी जगह यह दायित्व तो अब प्रकाश अग्रवाल को सौंपा गया है मध्य प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनावों से पहले अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने यह परिवर्तन किया है और दिल्ली से पूर्व सांसद रहे जयप्रकाश अग्रवाल को मध्य प्रदेश कांग्रेस का नया प्रभारी बनाया गया है अग्रवाल कांग्रेस में महासचिव पद का दायित्व संभाल रहे थे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव के सी वेणुगोपाल ने बताया कि मुकुल वासनिक ने संगठन संबंधी मामलों की व्यस्तता की व्यस्तता वजह से स्वयं को मध्य प्रदेश के प्रभारी के दायित्व से मुक्त कराने का आग्रह किया था उन्होंने बताया कि इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष ने इस पद पर अग्रवाल की नियुक्ति की है गोपाल ने बताया कि मुकुल वासनिक पार्टी के महासचिव पद का दायित्व निभाते रहेंगे पार्टी ने मध्य प्रदेश कांग्रेस में मुकुल वासनिक के योगदान की सराहना की है मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जाने के बाद प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया को हटाकर मुकुल वासनिक को नियुक्त किया गया था वे दो साल से प्रभारी थे सूत्रों का कहना है कि पार्टी की अन्य गतिविधियों में सक्रियता के कारण वासनिक मध्य प्रदेश में पर्याप्त समय नहीं दे पा रहे थे सवा साल बाद विधानसभा चुनाव होने हैं इसे ध्यान में रखते हुए पार्टी ने उन्हें प्रदेश की जिम्मेदारी से मुक्त कर दिया है प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने अग्रवाल को प्रदेश कांग्रेस का प्रभारी बनाए जाने पर बधाई दी है और कहा कि उनके संगठन क्षमता का लाभ मध्य प्रदेश कांग्रेस को मिलेगा